तो का इजाज लोग हम लोग टूरिस्ट पे निकले थे टूर पे क्योंकि हमारे स्टूडेंट लोगों का कहना था कि थोड़ा सर रोग चलिए घूमने के लिए क्योंकि कल तो हम बहुत दे गए थे आज राजर आ गए इतनी बुरी हालत होने की कारण है हमारे सर क्योंकि जो जिनका नाम रोशन है क्योंकि तो उन्होंने बोला था कि हम ब्रह्म पे और हमें चढ़ा दिएसुरे कारण ऐसी बुरी हालत है देख सकते हैं स्ट्रिंग के साथ ये स्ट्रिंग देख सकते स्ट्रिंग को लेकर के सारे हम इतना दूर आ चुके हैं लगभग नीचे से आठ किलोमीटर पहाड़ चढ़ चुके हैं तो आगे क्या होता है देखिए तो